हाय दिस इज हमारे यहाँ बहुत बारिश शुरू हो गई है अब मैं जो मैं नोटियाला सर का सॉन्ग uh, गा गालूंगी इश्क फोरेवर. जिससे भी इश्क करूं, इश्क और जिसे भी इश्क करूंगी इश्क करो ईश्क फोरेव करो जिसे भी इश्क करूंगी इश्क फोरेव करो जिससे इश्क, इश्क, इश्क हे ला ला ला लाल दिल जो दिया तो सदा दिल भी रहे ना सासों में खुशबू बन के हर वर्त बहना जो नहना जिसमें ईश्क करोश्क है करो इश्क़ किसे ईश्को ईश्को ओ तुम भुला नाम की चा एक देखूज से ना करना तो दो निल के कभी ना कहना रुख सकी बात की बातें जिससे ईश्क करो ईश्क मिससे भी ईश्क करो I still love you. She na na na. Thank you all guys. Thank you so much.